राहुल गांधी की यात्रा में बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर के शामिल होने पर बीजेपी हमलावर हो गई है गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ये वही स्वरा भास्कर हैं जो रिचर अड्डा के सेना के खिलाफ दिए बयान पर उसको शक्ति दे रही थी ये वही स्वरा भास्कर हैं जो सेना के खिलाफ हॉरर किलिंग पर पाकिस्तान की तारीफ में कसीदे पड़ती थी स्वरा भास्कर टुकड़े टुकड़े गैंग की मानसिकता रखने वालों के साथ थी ये भारत तोड़ो का समर्थन करने वाली यात्रा है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को अब तक जनता का समर्थन मिल रहा था लेकिन अब बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर के जुड़ने की, की वजह से यात्रा की किरकिरी भी शुरू हो गई है पहले कन्हैया कुमार उनके टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य और अब अभिनेत्री स्वरा भास्कर को लेकर भारत जोड़ो यात्रा निशाने पर आ गई है स्वरा भास्कर की भारत जोड़ो यात्रा में पहुंचने पर मध्य प्रदेश की गृहमंत्री डॉक्टर नवता मिश्रा ने भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधा है उन्होंने कहा यह वही स्वरा भास्कर है जो ऋचा चड्डा के सेना के खिलाफ दिए बयान पर उसको शक्ति दे रही थी यह वही स्वरा भास्कर है जो सेना के खिलाफ हॉर्न किलिंग पर पाकिस्तान के तारीफ में कसीदे पड़ रही थी उन्होंने कहा हम जब भी सच्चाई बयान करते हैं उसको आप राजनीति कह देते हैं क्या यह वास्तविकता नहीं है कन्हैया कुमार आपकी यात्रा में स्वरा भास्कर आपकी यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाली लड़की आपकी यात्रा में यह सब टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग उस मानसिकता के लोग उनको समर्थन करने वाले लोग राष्ट्र के विरोधी लोग इस यात्रा में शामिल हैं यह भारत जोड़ो की जगह भारत तोड़ो का समर्थन करने वाली यात्रा दिख रही है आदरणीय राहुल जी ऋचा चड्ढा का जो भारतीय सेना के खिलाफ बयान आया था उसको शक्ति दे रही थी स्वरा भास्कर जी जो आज आपके साथ हैं ये वही स्वरा भास्कर जी हैं जो सेना के माओ लिंचिंग हॉर किलिंग पाकिस्तान के समर्थन में तारीफ़ के कसीदे करती थी ये वही स्वरा भास्कर हैं हम जब भी सच्चाई बयान करते हैं तो उसको आप राजनीति कह देते हैं पर क्या ये वास्तविकता नहीं है कन्हैया कुमार आपके साथ में सुशांत सिंह जी आपकी यात्रा में स्वरा भास्कर जी आपकी यात्रा में पाकिस्तान को जिंदाबाद कहने वाली बच्ची आपकी यात्रा में ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग उस मानसिकता के लोग उसको समर्थन करने वाले लोग राष्ट्र के विरोधी लोगों को समर्थन करने वाले लोग हैं वो सब आपकी यात्रा में शामिल